दोस्तों अभी मैंने डिजिलॉकर से कुछ डॉक्यूमेंट इशू कराया जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पैन कार्ड इशू कराया ऐसे ही मैं यहाँ पे ओपन करने की कोशिश किया तो यहाँ पे ओपन हो नहीं पा रहा है क्योंकि शायद मुझे लगा कि पैन कार्ड की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने फिर से एबीसीआईटी भी इशू कराया और सेम प्रॉब्लम मुझे देखने को मिला हो सकता है कि आप कुछ भी यहाँ पे इशू कराए तो आपको सेम प्रॉब्लम देखने को मिले इसलिए मैं आपको क्या करना है कि इस ऐप को करना है क्लोज और ओपन करना है आपको, आपको डिजी लॉकर डॉट जी ओ वी डॉट इन पे जाना है और साइन इन कर लेना है तो यहाँ पे आप आधार या फिर मोबाइल नंबर से साइन इन कर सकते हैं मैंने अपना मोबाइल नंबर टाइप कर दिया है और यहाँ पे पासवर्ड भी टाइप कर दिया है हो सकता है यहाँ पे आपको ओ भी मांगा जाए तो ओटीपी डाल लीजिए उसके बाद आपको यहाँ पे व्यू और डॉक्यूमेंट पे जाना है और यहाँ पे आपने जो भी डॉक्यूमेंट इशू कराया होगा आपको यहाँ पे शो करेगा तो मैं यहाँ पे पैन कार्ड इशू कराया था जो वहाँ पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा था यहाँ पे डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ इसको क्या करना है इस पर सिंपल यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन मिलेगा उसके बाद से आपको पीडीएफ पे क्लिक कर लेना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने पैन कार्ड डाउनलोड हो, जाए हो जाएगा और एक पीडीएफ आपको फ्रंट में ओपन हो जाएगा हो सकता है की ऐप में कोई प्रॉब्लम आ रही हो जिसके चलते यहाँ पे ऐप में ओपन नहीं हो रहा